हेलो दोस्तों आपने सही सुना अगले महीने की एक तारीख से कुछ स्मार्टफोन व्हाट्सएप पर काम करना बंद कर देंगे व्हाट्सएप ने अनाउंस किया है कि एंड्राइड और आईओएस के पुराने वर्जन पर चल रहे स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप नहीं चलेगा यहां मेरा पुराने से मतलब एंड्राइड फोर पॉइंट वन से नीचे और आईओएस ओ के नीचे वाले वर्जन पर चल रहे सभी स्मार्टफोन प्रभावित हो जाएंगे या काम करना बंद कर देंगे बाकी इसके ऊपर का सेम वैसे ही चलता रहेगा अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें